पर आप क्या सही मौके पर आएंगे ऊपर वाला सुनता है अब आप, आप हमारे शो में <laughs> शो में जज जज? बनेंगी? फैशन के लिए नहीं, मुझे शाम को कहीं जाना है। अरे आप मेरी बात देखते शर्मा शर्मा के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा तो, आप मैं तो मेरे को बड़ी हसबेंड वाइफ वाली फीलिंग आती है कपिल <laughs> शर्मा नेहा